दिल लगी दोस्तों के नाम होती है दिल लगी दोस्तों के नाम होती है दिलदारी दोस्तों की शान होती है रहोगे दिल में जो मेरे हमेशा तुम रहोगे दिल में जो मेरे हमेशा तुम यही सच्ची दोस्ती की पहचान होती है ना कोई मिला करता हूँ ना कोई शिकवा करता हूँ ना कोई गिला करता हूँ ना कोई शिकवा करता हूँ <tinhatana 'coe> तुम सलामत रहो बस यही दुआ करता हैं किस हद तक जाना है ये कौन जानता है किस हद तक जाना है ये कौन जानता है किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है दोस्ती के दो पल जी भर के जी दोस्ती के दो पल जी भर के जी किस रोज़ बिछड़ जाना है ये कौन जानता है